भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के आप आप कितना आप तो अच्छा, आप शुरू हो है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पे 100 परसेंट हम लोग को विश्वास और भरोसा है इसलिए भरोसा है कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र सबका विश्वास के साथ आम जन जितनी भी महिलाएं मोदी जी का चावल चना गेहूँ आटा आवास ले रही हैं सबको भरोसा है कि मोदी जी की सरकार बनी योगी जी की सरकार बनी तो हमको चावल चना आटा गेहूं मिलता रहेगा किसी और की सरकार बनेगी तो चावल चा, चावल दाल आटा सरसों का तेल नमक नहीं मिलेगा इस भरोसा के साथ जहां भी हम लोग वोट मांगने गए सब लोग महिलाएं कह रही हैं कि भैया जिसका नमक हम खाए हैं उसको हम लोग अदा करेंगे क्योंकि हम लोगों देखे हैं हम लोग देखे हैं राजा जौनपुर को भी मैं देखा हूँ राजकेसर सिंह को भी मैं देखा हूं, कमला सिंह को भी मैं देखा हूं, पारस नाथ जी को भी देखा हूं और चंदसेन सिंह एक विधायक थे जो चौराहे पे किसी को भी डांट फटकार देते थे उनकी भी चली थी मगर मैं कहता हूं न रहा है न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का न रहा है न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का भरे बहुत ही बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे देश में बनाने जा रही है हम आम जन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किए हैं अपना मत दिए हैं उनको मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं भगवान से कामना करूंगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिए हैं वह जहां भी रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें रहे, मस्त रहें भारतीय जनता पार्टी का मूल मूलमंत्र सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं